एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है बुजुर्ग ने जवाब दिया आप एक फूल देखते हो और इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो ये मेरे भाई पसंद है और अगर आप इस फूल को रोज पानी देते रहो अगर तुम खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं रह सकते तो फिर एक दुख को लेकर बार बार क्यों रो पैसा आ जाना मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं है पैसा आ जाना शहरत मिल जाना कामयाबी नहीं है बल्कि पांच वक्त की नमाज पढ़ पर... आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा बहुत मोटिवेशनल बात है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें याद रखना पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में मैं आज आप लोगों को पाँच सबक सिखाता हूँ पहला सबक हमें ये सीखना चाहिए की हमेशा इंसान हो चाहे जानवर हो उसको अपनी औकात में ही रहना चाहिए दूसरा सबक हमें इससे जो तस्वीर से मिलता है वो ये कि दूसरों को पता करते करते खुद को कहीं गवाना ना बैठो तीसरा सबक हमें ये मिलता है इससे कि हर मौका गनीमत मतलब अच्छा नहीं होता, हर मौका अच्छा नहीं होता। अब हमें जो चौथा सबक मिलता है वो ये है कि कुछ काम जोर जबरदस्ती नहीं होते बल्कि हिकमत से होते हैं अब पांचवा सबक हमें ये मिलता है की ख्वाबों के ताकू में कोशक रहें मगर हमारे पाओ जमीन पर रहे तो बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता आप बड़े तो तब होते हैं जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना और सहना सीख जाते हैं एक बात हमारी याद रखना जो रात के बाद सुबह देता है जो गर्मी के बाद ठंड देता है बेशक वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना दिल का अच्छा होने से बेहतर है कि इंसान अपनी जबान का अच्छा हो दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है कि इंसान जबान का अच्छा हो क्यूँके लोगो का वास्ता सबसे पहले जबान से ही पड़ता है दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंचते हैं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना जो बुरा कहे चुप हो जाओ जो बुरा कहे चुप हो जाओ जो सताए सबर करो अल्लाह की कसल तुम ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी तुम्हें रास्ता देंगे बात याद रखना सब्र ईमान की बुनियाद है अखलाक इंसान की खूबसूरती है सच्चाई कुरान की जबान है आजी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मुमिन कहती है एक बात हमारी याद रखना परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना पसंद और मोहब्बत एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है बुजुर्गों ने जवाब दिया आप एक फूल देखते हो और इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो ये मेरे भाई पसंद है और अगर आप इस फूल को रोज पानी देते रहो और इसका ख्याल रखते हो तो मेरे भाई ये मोहब्बत है एक बात हमारी याद रखना शेख सादी फरमाते हैं कि ताजुब है की अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता है की अल्लाह इतनी सारी महलूक में ऐसी मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है मैं उसे भूल जाता हूँ बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना लोग बीमारी के खौफ से गजा पहले छोड़ देते हैं लोग शुगर के डर से चीनी पहले छोड़ देते हैं और कोरोना के डर से बहुत सारी चीजें खाना पीना छोड़ देते हैं लेकिन जहनम के डर से हराम खाना पीना और गुना नहीं छोड़ते बात याद रखना बात हमारी याद रखना अल्लाह तला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो क्योंकि वो जात मुकद्दस है बाबरकत जैसी उम्मीद रखोगे उसको वैसा ही पाओगे एक बात हमारी याद रखना अगर तुम खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं रह सकते तो फिर एक दुख को लेकर बार बार क्यों रो एक बात हमारी याद रखना दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब आदमी हो जिसे अल्लाह ताला ने के काबिल समझा बात याद रखना एक बात हमारी जरूर याद रखना पैसा आ जाना मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं है पैसा आ जाना शहरत मिल जाना कामयाबी नहीं है बल्कि पाँच वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब ऐसी करीब हो जाना मेरे भाई सबसे बड़ी कामयाबी है एक बात हमारी याद रखना खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदलता है, खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदलता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी बदल देता है, बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना किसी को दुख मत दो किसी को दुख मत दो क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है जिस तरह दीवार में से की निकालने पर सौराख बा रहता है बात याद रखना बात याद रखना नसीहत वो सच्ची बात है नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते और वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं याद रखना एक नेकी करने से इंसान परहेजगार नहीं बनता लेकिन एक गुनाह करने से इंसान गुनहगार जरूर बन जाता है बात याद रखना हजरत अली से पूछा गया कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है कैसे पता चलेगा कौन कितना कीमती है ने फरमाया जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा मेरे भाई एहसास अपने अंदर जरूर लाओ एक इंसान बनो यार मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर मैं एक माचिस अपनी जेब में जरूर रखता हूँ जब गुनाह करने को दिल मेरा चाहता है तो मैं माचिस की तीर जलाकर अपनी हथेली पर रख देता हूँ और कहता हूँ कि मोहम्मद अली अगर तुम ये आग नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर बताओ दोजन की आग कैसे बर्दाश्त तो करोगे जरा सोचो मेरे भाई जरा सोचो एक बात हमारी याद रखना पुराने लोग समझदार थे जो ताल्लुकात को समान लेते थे फिर लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए ताल्लुक से फायदा निकालने लगे, लेकिन अब तो लोग प्रोफेशनल है फायदा हो तब भी ताल्लुक रखते हैं मतलब रखते हैं तो बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना अगर हर चीज आपके हाथों से निकल रही है हालात आपके मुआफ़ नहीं है आप जिस तरीके से चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा तो फिर मेरे भाई ज्यादा टेंशन मत लो जरा इस पेड़ की तरफ देखो इस पेड़ की तरफ जरा सोचो कि ये पेड़ एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता हवा चलती है सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन ये पेड़ फिर भी इस उम्मीद पर खड़ा है कि एक दिन इसके बाहर के आएंगे तो फिर मेरे भाई सबर शुगर ऐसी काम लो मायूस मत हो अल्लाह से दुआ करो बस